Hi, hello, assalamualaikum, Namaste, Welcome back to our channel Dilshad's Home Glow. So, kaise कैसे sab log? I hope all are doing well. So, jab bhi भी hair fall फॉल देखने लगती aur dry hair, हेयर फ्रीज हेयर is इस se, jab जब is hair oil ko apply अप्लाई करती हूँ I'll get 100% result. परसेंट रिजल्ट बहुत ही ईजी है सो लेट्स वीडियो फर्स्ट वी नीड पैरसिट coconut oil. 100% परसेंट कोकनेट ऑयल जो भी आपके पास होगा वो ले सकते हो और इसके बाद हम ले रहे हैं वन ऑनियन ऑनियन हमारे हेयर को बहुत ही यूजफुल है सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं जिंजर ले रही हूँ जिंजर हमारे हेयर को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा और स्प्लिटेंस uh, को रुकेगा हेयर लॉस को 100% परसेंट जिंजर सो इस टू इंग्रीडियंट्स जिंजर एंड ऑनियन को हम लोग पेस्ट करनी है पेस्ट करने के बाद इस पेस्ट से जूस एक्सट्रैक्ट करनी है इस तरीके से कर सकते हो यानी आप कोई कॉटन क्लॉथ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सो so, इस तरीके से सब जूस निकालनी है और इसके बाद हमको कोकोनेट ऑयल लेनी है एक बाउल में जैसा आपके हेयर के हिसाब से आप कितना कोकोनेट ऑयल आपको चाहिए उतना ले सकते हो सो so, मेरे हेयर के हिसाब से मैं ले रही हूँ हाफ कप ऑफ कोकोनेट ऑयल इस कोकोनट ऑल को हीट करनी है स्टाव पे रख के थोड़ी देर तक लाइक टू टू, टू थ्री मिनट्स इस तरीके से हीट करनी है और इसके बाद हमको ऐड करनी है सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है ये रोजमेरी आपके पास अब फ्रेश रोजमेरी है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो मेरे पास तो फ्रेश रोजमेरी नहीं है तो मैं ड्राई रोज यूज़ कर रही हूँ सो so, ड्राई रोजमेरी इस तरीके से दिखेगा आपको हर uh, स्टोरस में अवेलेबल है एंड रोजमेरी डाल के थोड़ी देर जस्ट टू मिनट मिनट्स आपको हीट करनी है और उसके बाद इस ऑयल को फ़िल्टर करनी है फिल्टर करके जो भी मिक्सचर हम प्रिपेयर करके हैं फर्स्ट वो मिक्सचर में ए ऑयल मिक्स करनी है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रोज़मेरी हमारे हेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा लाइक like बहुत ही बेनिफिशल यूजेस uh, है रोजमेरी का डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा हेल्दी स्कैल्प को दिएगा बहुत सारे यूजफॉल्स सो so, रोजमेरी इस तरीके से दिखेगा नॉर्मल रोजमेरी आपके पास है तो फ्रेश यूज़ कर सकते हो सो ऑइल एंड दट मिक्सचर मिक्स करनी है सो so, आप देख सकते हो फर्स्ट बिफोर uh, मेरे हेयर बहुत ही ड्राई बहुत ही डाल एंड हेयर फॉल भी बहुत ही ज़्यादा है पता नहीं एट ए टाइम फॉल दिखने लगा है मुझे सो इस हेयर ऑयल को मैं यूज़ करने का बाद मुझे बहुत बेनिफिट्स दिखे हैं उसलिए मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ सो इस हेयर ऑयल को आपको अप्लाई करनी है स्काल पर लेंस पर सब कुछ अप्लाई करके थोड़ी देर जस्ट टेन मिनट्स आपको जैसा मसाज करनी है जो भी डल हैयर हेयर फॉल सब कुछ प्रिवेंट करेगा सो so, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद देख सकते हो 10 मिनट्स इस तरीके से मसाज करनी है और इसके बाद बस आपको वन आवर ऐसे ही छोड़ देनी है सो आई वांटेड टू टेल यू माय सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये है कि मिक्सड सीड्स मिक्सड सीड्स मैं हर रोज़ एक टेबल लेती हूँ क्योंकि इस मिक्सड uh, सीट से आपके हेयर स्किन बहुत ही हेल्दी होगा जस्ट नॉर्मल से एवरीडे इस तरीके से मिक्स करके वन टेबलस्पून मैं खा लेती हूँ चीव करती हूँ अच्छी तरीके से सो दिस इज़ माय सीक्रेट एंड इसके बाद हमको वन आवर के बाद शैम्पू करनी है सो so, आप देख सकते हो वो शैम्पू करने के बाद मेरा हेयर बहुत ही हेल्दी दिखेगा एंड योर स्कैल्प ऑल्सो यू फील दैट बहुत ही हेल्दी क्लीन दिखेगा बहुत ही स्मूथ शाइन एंड स्ट्रोंग है आई एम टेलिंग यू गर्ल्स हेयर फॉल को बहुत ही सीरियस लेनी है hair fall starting थोड़ी थोड़ी होगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके scalp को bald कर देगा I have so many previous videos hair पे बहुत सारे videos hair mask, hair oil बहुत सारे videos हैं आप मेरे YouTube channel पर जाके आप search कर सकते हो एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग लाइक ऑलवेज यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स डोंट गो विथ केमिकल सो बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है एंड आपको टू वीक्स में रिजल्ट पता चलेगा सो दर्सल ऑफ़ द डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक माई वीडियो इफ यू not सब्सक्राइब Please subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much. Bye bye.